आजा मेरे संग म्यूजिक सुनेंगे आजा बैठ के पलंग साली आजा मेरे संग म्यूजिक सुनेंगे आजा बैठ के पलंग साली आजा मेरे संग ना कर ना कर मुझे अब तंग ना कर ना कर मुझे अब तंग म्यूजिक सुनेंगे आजा बैठ के पलंग साजा मेरे संग म्यूजिक सुनेंगे आजा बैठ के पलंग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 करले वतियाँ चार तुझे कर तू मलंग करले वतियाँ चार तुझे कर तू मलंग सालिया जा बैठ जा तू मेरे पलंग हा सालिया जा बैठ जा तू मेरे पलंग ले चलूंगा तुझको अपनी महफिल के संग ले चलूंगा तुझको अपनी महफिल के संग सालिया जा बैठ जा तू मेरे पलंग हाँ सालिया जा बैठ मैं रा हो संग सालिया जा बैठ जा तू मेरे पलंग हाँ चल फिर के मैं देखू तेरा हो के मैं संग सालिया जा बैठ जा तू मेरे पलंग हा सालिया जा बैठ जा तू मेरे पलंग हा सालिया जा बैट जा तू मेरे